मातृभूमि को वंदन व आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदासी पांडे लखनऊ से दिनांक 29 नवंबर का दैनिक राशिफल दर्शकों आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंत विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतित तो ये राशिफल आपके जन्म राशि पर आधारित है आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और आप सभी लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये पाँच अंग कौन कौन से हैं तो ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग कर यदि इनमें से किसी अंग की जो है कमी रह जाएगी तो पंचांग पूर्ण नहीं रहेगा तो दर्शकों 1941 नामक चल क्ष की तृतीय तिथि रहेगी और हमने तृतीय तिथि के बारे में पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि तृतीय तिथि में देखिए दर्शकों परवर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यदि आप लोग परवर का सेवन करते हैं तो शत्रुओं की वृद्धि होती है तो परवर आज इवाइट करिएगा नक्षत्र जो रहेगा ये मूल नक्षत्र रहेगा और इसके उपरांत पूर्वा साढ़ा नक्षत्र रहेगा करण जो पहला रहेगा ये रहेगा गर इसके बाद वरिष्ठ और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा तैतील करण योग की बात करते हैं तो योग आज रहेगा सूर्य इसके उपरांत गण्ड योग रहेगा अशुभ काल की बात करते हैं राहुकाल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कैसी बेला की आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो प्रातः दस मिनट से लेकर के ग्यारह मिनट का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यों को करने से अवॉइड करिएगा मत करिएगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो कोशिश कीजिएगा अभी अभिजीत मुहूर्त में करिएगा और आपको करना कब रहेगा तो ग्यारह बजकर पचपन मिनट से लेकर के दोपहर बारह बजकर सोलह मिनट के बीच में ही करिएगा बहुत अधिक समय नहीं रहेगा क्योंकि 10:35 से ग्यारह तक राहु काल रहेगा तो आप लोग इसका जो है जरूर ध्यान दीजिएगा शुक्रवार दिन रहेगा चंद्रदेव धनु राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव जो रहेंगे ये अपने जो है सेनापति अपने मित्र के घर अर्थात मंगल की राशि वृष्टिक राशि में जो है चलायमान है दर्शकों दिशा सुल की बात कर लेते हैं तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि किन्हीं कारणवश आप लोगों को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना पड़ जाए तो आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि मिश्री का सेवन करके दही का सेवन करके मक्खन का सेवन करके इसको बटर भी बोलते हैं या जो मलाई होती है उसका सेवन करके आप लोग यात्राओं पर निकल सकते हैं लेकिन पश्चिम दिशा की ओर पहले ना जा करके चार छः आठ या दस पग जो है आप पहले जो है पूर्व दिशा की ओर चलिए उसके बाद आपको पश्चिम दिशा की ओर जाना रहेगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग तो राशिफल पर आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले यदि आपके कन्या के या पुत्र के विवाह में देरी हो रही है बाधा हो रही है तो ऐसा कौन सा आपको उपाय करना रहेगा तो दर्शकों देखिए सबसे पहले ये मेल फीमेल दोनों के लिए है आपके पुत्र या पुत्री जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा है तो कोशिश उनको ये करना रहेगा कि शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभी पर उनको लगाना होगा दूसरा केसर किसी ना किसी रूप में इनको खाना है जैसे कोई ये मीठा खाने जा रहे हैं तो उस पर केसर की एक पत्ती रख के वो खा सकते हैं दूसरा दर्शकों जब भी आपकी कन्या का रिश्ता आप ले करके वर पक्ष के यहाँ जाएंगे तो जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते हैं तो आपकी कन्या अपने बालों को खुला रखेगी अपने केशों को खोल कर रखेगी बांधना बिल्कुल भी नहीं है और कन्या को चाहिए कि अपने फादर को या अपने भाई को जो कोई भी जो है वर पक्ष की ओर जा रहा हो देखने तो उनको गुड़ खिला करके विदा करें यदि कन्या ऐसा कर लेती है तो यकीन मानिए दर्शकों वो विवाह फिर तय होगा ही होगा चाहे जैसे हो तो ये एक छोटा सा प्रयोग था विवाह के लिए जिनकी भी शादी नहीं हो रही है उम्मीद करते हैं दर्शकों देखिए ये चीजें जो है आप लोगों को पसंद आएगी तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है जैसे हमारा कर्तव्य होता है आप तक राशिफल पहुंचाना उसी तरीके से आप लोगों का भी कर्तव्य है कि इस राशिफल को आगे बढ़ाना तो जरूरतमंद लोगों तक की राशिफल को पहुंचाइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हाँ दर्शकों इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए मेष राशि पर बढ़ते हैं राशिफल की हमारी जो है राशि चक्र की प्रथम राशि आती है तो मेष राशि के जातकों अपनी वाणी और व्यवहार को आज आपको संयमित रखना ही आज आपके हित में रहेगा दोपहर बाद से आज आपको नए कार्य प्रारंभ करने का जो योग बन रहा है अपने स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना पड़ेगा आज आपके सहकर्मचारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा संतान के विषय में कुछ मन में आज आपके दुविधा रहेगी उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा जी के 32 नामों का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वृषभ राशि के जात को अन्य व्यक्ति भी आज आपके जीवन में आ सकते हैं यहाँ किसी नए मेहमान का आगमन आज आपके जीवन में होगा आज कहीं जो है लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है अपनी वाड़ी पर अपनी भाषा पर आज आपको संयम बरतने की सितारे सलाह दे रहे अन्यथा आज आप किसी पक्ष से विवाद कर सकते हैं हित शत्रुओं से आज आपको सावधान रहना होगा अपने स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि शिवलिंग पर आपको दूध में मिशरी और केसर डाल करके नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छ जेमिनी जी हाँ मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन मनोरंजन मनोरंजनप्रद और आनंद लूटने का दिन है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज आपका बहुत अच्छा रहेगा आज कार्यालय में जो है आपको सहयोग का वातावरण मिलेगा उच्चाधिकारी आज, आज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे मित्रों के साथ आज किसी धार्मिक या किसी मांगलिक कार्य में जा सकते हैं आज, आज आपको भोजन का अच्छा आनंद मिलेगा लेकिन अपने जो है पेट का विशेष ध्यान रखिएगा जंक फूडों को अवॉइड करिएगा तली भुनी चीज़ों को आज आपको बचना रहेगा खाने से उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश ये करना है कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वही कर्क राशि के जातकों आज का दिन चिंता और उद्वेग के साथ आपका शुरू होगा साथ ही साथ आज आपको हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आएंगे नए कार्य शुरू करने के लिए आज अच्छा दिन नहीं है आकस्मिक धन आज आपके खर्च होंगे प्रेमी जनों के बीच आज बात विवाद होने से मनमुटाव हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा अच्छा बोलिए अच्छा विचार लाइए तो वाद विवाद नहीं होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको गायत्री मंत्र का इक्कीस बार जाप रहेगा कलर आपके आपके लिए रहेगा। भाई आपके लिए रहेगा रहेगा हमारी जो अगली राशि आती है कर्क के बाद आती है सिंह राशि ग्रहों के राजा तो सिंह राशि के जात को मानसिक रूप से तनाव रहेगा शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता का अनुभव होगा साथ ही साथ परिवारजनों के साथ किसी बात पर आज आपको नाराजगी हो सकती है आज कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपके पक्ष में फैसला आने के योग बन रहे हैं आज, आज आपको धन की प्राप्ति होगी संतानों के विषय में आज चिंता रहेगी बौद्धिक चर्चा से कुछ दूर रहिएगा ऐसी आपको सितारे सलाह दे रहे धन संबंधी आयोजन के लिए आज का समय अनुकूल रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा दुर्गा सप्तती के सिद्ध कुंजी का स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा और मानसिक रूप से श्रीमंत्र का आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा वहीं कन्या राशि के जातकों आज आपके अपने लाभ कराएंगे भाई बहनों से आज, आज आपको लाभ हो सकता है नए प्रेम संबंध आज स्थापित होने के जो है संकेत सितारे दे रहे हैं दोपहर के बाद से किसी काम में आज, आज आप बहुत ज्यादा खो जाएंगे शारीरिक और मानसिक रूप से आज कुछ आप चिंतित रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं निजी संबंधियों के साथ आज, आज आपका मन कुछ दुखी रहेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपका मन ज़्यादा दुखी रहेगा और माता का स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है कोशिश कीजिएगा कि जलायो जो है जलाशयों से सरोवरों से नदियों से आज आपको दूर रहना है नदियों में नहाने मत जाइएगा अन्यथा कोई बहुत बड़ा आज आप लोग नुकसान उठा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात वही लिब्रा जी हां तुला राशि के जात को शारीरिक और मानसिक रूप से आज आपका स्वास्थ्य कुछ डाउन हो सकता है पारिवारिक झगड़े पर आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं नकारात्मक मानसिकता ना अपनाइएगा घर के सदस्यों के साथ आज आपको जो है कुछ ईगो की प्रॉब्लम आएगी आज आपका वर्चस्व जो है थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोपहर बाद आपके मन में कुछ ग्लाने की छाया दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है और आनंद छाएगा नए कार्य करने के लिए आज उपयुक्त समय है नया कार्य आप लोग कर सकते हैं लेकिन आज आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा किसी दुर्घटना का आप लोग शिकार हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग शिवलिंग पर जाइए और तिल के तेल से जो है नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज लाइट येलो कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच वहीं वृश्चिक राशि के जात को सुख और संतोष का अनुभव होगा परिवारजनों के साथ आनंदपूर्ण दिन संपन्न होगा आज शुभ समाचार मिलेंगे मध्यान्ह के बाद परिवार में झगड़े का वातावरण आपके रहेगा इसलिए भ्रांतियां दूर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा अनावश्यक खर्चों पर आज आपको संयम रखना होगा शारीरिक स्वास्थ्य कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं इनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज इनको किसी परीक्षा में सफलता इत्यादि प्राप्त हो सकती है आज यात्राओं का भी योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है दुर्गा सप्ती के तृतीय अध्याय का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाल और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ सर्जिटेरियस जी हाँ राशि के जातकों तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा कष्टदायक रहेगा कुछ स्वास्थ्य आज आपका खराब हो सकता है पारिवारिक सदस्यों के साथ आज नोकझोंक के कारण आपका मन दुखी होगा आज यदि कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत जो है आज चांसेस हैं कि आप सफल और अन्य आज आपका मन बहुत ज़्यादा उदास होगा कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखना रहेगा अधिक खर्च होने से पैसे की तंगी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए गजेंद्र मोच का आज आप लोग पाठ करिए दूसरा दुर्गा चालीसा का आज आप लोग पाठ करिए शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो मकर राशि के जातकों आज का दिन व्यापार उद्योग के लिए और व्यवसायिकों के व्यवसाय के लिए लाभदायक रहेगा पुत्र और पत्नी से लाभ होगा सांसारिक जीवन में सुखद प्रसंग बनने से मन सुखी रहेगा मध्यान्ह के बाद मानसिक शांति और बुरा स्वास्थ्य आज आपको अशांत कर देंगे बातचीत करते समय आज आग आग आपको अपनी वाणी पर संयम रखना रहेगा उच्चाधिकारियों से आज किसी बात विवाद को लेकर के आपका जो है झगड़ा हो सकता है ऑफिस में सहकर्मियों से आज आपको कोई भी अधिक सहयोग नहीं प्राप्त होगा जिससे मन आज आपका बड़ा खिन्न हो जाएगा उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा आप लोग ब्लैक कलर को एवाइड करिए व्हाइट कलर का अधिक से अधिक प्रयोग करिए दूसरा आपको करना ये रहेगा कि शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करना रहेगा जिससे धन प्राप्ति आपको सुगम होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जातको यदि आप व्यवसायी हैं यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आज व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा पराक्रम आज आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा व्यापार में पदो व्यापार में और जॉब में आज पदोन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं उच्चाधिकारी तथा वो जो है उच्चाधिकारी आप पर आज प्रसन्न रहेंगे और कुछ ऊपरी आय आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा धन उगाही आज आपकी बढ़ेगी किसी पुराने मित्र से आज आपकी भेंट हो सकती है किसी मनोरंजन व पर्यटन स्थल पर आज आपका प्रवास होगा संतानों की संतोषजनक प्रगति से भी आज आपका हृदय और मन प्रसन्नजनक रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश करना रहेगा श्री सूप्त का पाठ करना रहेगा दूसरा आज किसी कन्या को आपको सफेद मिठाई खिलानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि लेकिन फटाफट दर्शकों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ज्ञान संबंधित ज्योतिष संबंधित तमाम जो है बातें आप तक की जाए तो इसके लिए जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बना बेल आइकन दबाना तो मीन राशि के जात बौद्धिक तथा उससे संबंधित लेखन कार्य में आज आप सक्रिय रहेंगे नए कार्य का प्रारंभ कर सकेंगे लंबे प्रवास तथा धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं जिनमें किसी बड़े प्रतिष्ठान की भेंट आज आपसे होती हुई दिखाई पड़ रही है विदेश में स्थित मित्र जनों से मेलजोल बढ़ेगा शरीर में उल्लास और थकान दोनों का अनुभव होगा बिना किसी बिन के आज आपके सभी कार्य संपन्न होंगे कमर दर्द से रिलेटेड आज आपको कोई ना कोई बाधा बाधाएगी कोई ना कोई परेशानी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए दुर्गा जी के बत्तीस नामों का पाठ आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा और हो सके तो सूर्य नमस्कार आप लोग जरूर करिए आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए दर्शकों ज्योतिष संबंधी और भी राशिफल तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं दिसंबर माह के राशिफल हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं वार्षिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल पर अपलोड हो गया है अंक ज्योतिष राशिफल इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए सभी कुछ आप लोगों के लिए हमने पहले से ही डाल रखा है बस आपको जा करके देखने की देरी है दीजिए इजाजत तब तक के लिए आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए आपसे विदा लेते हैं नमस्कार